BTS Live Presents नमस्कार थमो रे ले ठाड़े बजारा जांगरा जोज्या वळी पोळे आमा सामा अरे ओ वरा सूरज सामी लांबी पोळे उभी पारे छे आ आपी पड़ी तोवारी को अरे फोरोग थाले जोजगा घरका अरे दिखे मारना जोजण वाली पोळे रोजी जी महाराज ने हेलो पाडी जी अरे आगेला भागळे आ खोल दो खोल दो बजण घुमाडी आओ जोजगा घरका एलान आद्रक धक्का दोसी बना ने हेलो पार्ला बानु बला लगूं धक्का दोसी ने मुंह हाँ बला ला देगा ये तरह ये लाना आदरा आपको तो मैंने दोसी सिखो कर लाती हाँ ये रासोरी एक नेकी और दो दोड़े अरे कोकर दोसी ने बला बजावे बजावे बोइला ये एक नेकी और ये दो ही दोड़ेगी ये लाये गले ची और आ खड़े नाली नजर के देखे छोरी आ वेन का करटी से दो नजर भी तो ली की थोड़ी माता आ। या का जो सड़े लोग बोली राका फाके ये सार हम जैसा अरे बार मारे घर में ला लागी है बार कोई कोई तो चोर गांव वाला अरे गांव वाला गिटिया रे अरे कोई कोई तो उठो आधी रात का ओ जोशी जी महाराज अरे कौन है, है तो तो ये अरे भागा दौड़ी मन करो थोड़ा मान नी रहो मान नहीं आवा वो कहां ओ मान नहीं आवा बार आधी रात का नाम कई बात की आ गड़गड़ो का जावे जोशी जी महाराज ये था का ये था का था ना। ये था का हाँ। ये था का जो टीपना, हाँ। वेद हाँ। था में लेने रा हाँ। राजा राजा बारा अरे बारा ने हेलो हेलो जो पाड़िया चला और कोई न लारे भी लेनो मैं मैं ही चलू एक ने देख जो रावड़ा में आज भारी काम है ने हां प्रो मोटो नई वे तो भी नहीं लारे ले लीजो कदाने कतराग तने को सूट को वेलो ताका उठो आजकल लॉकडाउन बाहरो खुलियो जी वो कई मरया दाल बाटी रे हाल लागी सब बेवजदा है चल हां जाओ जोशी जी महाराज रावड़े न मना गया तू कर मनावे जोशी हाथा बेली ताकि टाटी टाटी दिखे। देखिए। देखिए वो ने अच्छा रही जो। क्यों रहा राजा साहब रावराम का गया अच्छा नौ भी ज्वार ज्वार अरे मोटियार जवान मोटियार हो गया संबंध करना संबंध संबंध अच्छा करनाया लाया मोरत दे ओ लाइन में तो गाड़ ले मारो काटो देखा एक आप पट ले रहा है तू पट पट पट दे सो जो पट अरे मोबाइल मोबाइल हुआ देख शाबाश पटो किला पटो लिया है जैसे राम जैसे राम अब देखते हैं आपरे भाईसा को नाम कैसा भाईसा को नाम था ही हां भाईसा को नाम तो था ही ना अच्छा भाईसा को नाम हां भाईसा ये न कवारे भाईसा लेंड दे कवारे दिखे दिखे दिखे। मोरे बोले में थारो मैं। मारा मोरे बोले चला चल अरे ऊपर आओ लॉकडाउन एक ही कहती मार मारा सही देखो सही देखा हाँ मैं ऊँचा महाराज अरे ऊँचा उड़ दिया अब शो बतावर ओहो बैसा इंड कवर ए आई आता है चकर बढ़ी चकर बढ़ी दादा भाई, और मने आवे है, भैसाजी अरे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अच्छा यो घणीदारो जो मने चक्कर मा पटक रयो आ क्या अरे तो कमण रयो इ पे देख जगा छ मैं उ कमण रयो ओ जसमा जेम ती हां पैसा जसमा जेम ती जे जा जी जम जानी अरे कटाई को न मोर जम जाय भाई साहब जी नाम सा। अच्छा, ना आम बारो 15 मिनट में मोरता साहब अच्छा 15 मिनट में बच्चा को न बच्चा को का को न बच्चा लड्या झगड्या होस कर अच्छा सु मोरता बारो ही है तो बारो ही छे हां जानी बारो ही जाणो पेड़ी है। आ, तो तो, मराज हाँ? आ, तो का ले जो। आ, आ, देखना, हाँ? देखना, हाँ? जोड़ी का ले अच्छा अच्छा अच्छा देखना। देखना। देखना। जोड़ी ने? को संबंध करना बारिश नी रहे बारिश जमी जाए भुका तो का नाला ना, देखना, का। मोटा का का का अच्छा बैसा लोटे लोटे अरे कम्मा खाए बन्ना तो हमारा हीरा खर्चा लाइ खेकि नो आगे तो तो मोटो मोटो भी। ओ सा। तो ले? को? का खा फूलिया और रोगड़ा उगड़ा भी लेई रोगड़ा भी है दे न उरा खतरा जा रिया लाग दो लाग रे दे दे लाए दो लाए में के गेरी ए अटकरियो बार हाल तो मन दिक्कत और, और इकी गमाई ग ए न गमाऊ खाली 500 की नोट रे बंदी दी लेवे अरे मार पेटे में ला दे तो बार दे मान दो हां अल्ला लो और तो में करवाने रवाना रवाना हुए अरे मेल के बारे रे निकले ने हाथ देखे आज आज ये ये पड़े ओ आप सज्जा तुम ध्यान कौन है कटे जा रहा अरे भैया मैं कोई काम में जा रहे है काम रहा है भैया कई काम जा रहा कोई शुभ काम है मैं कई शुभ काम है कई जो थे बता दिया हारी बात हारी बात बताओ न ना मैंने काम माका है फटाफट आता है जो सीजी मराठा हाँ जैसे रांसा अरे था कि खांडा बेकरियाँ खोता ला हाँ आता मेरो डैनोर हाँ सोना रूपा का नारियल कैसे जारिया हो आज ओहो सोना रूपा नारियल ये सब क्या था ना हाँ दूध है क्या दस जारिया हाँ तंग भाईजी खेतियों माने सब बात तो हाँ कहीं क्यों और तंग सरी संबंध के बाद जारिया बोल मा� ते तो तो दे। बीन देखना ज़मीन जारिया देखना दो या देखना जो आप लोग करता लादना चाहे तो आप एक बाप का तो बेटा देखना हाँ हाँ को को को को को देखनो, हाँ मतलब सावे, का की के तो, तो तेरे ना चावे, चावे, कहो, रवाना है मैं कह रही एक बाप का चो बेटा बाप एक देख ला तो जोशी जी महाराज का दे मिनागिरी और हाँ। दे दे लो। खर्चा जोशी जी महाराज हाँ समझ करवा के ले तो तो जावे।, जावे जावे और फिर की बात के देवी প্রারি রে আ আর আমার নাтари জিবে ক্রিয়া জতি রেlogback কর বৈরী করে কই না কেও পাছটা যгом দুপা সব এক দুই দিন আ দাও দুই দিন আ দাও আর কে দুন্দল লাগি 拜拜 संबंध अरे कोने कोची मंजिल बीती में बाजे की। हाँ, बावड़ी मन में विचार करे हाँ. के की जोड़ो कोई नहीं हाँ. तो बावड़ी पढ़ना अपना जीवन हो रो कर लाठी हाँ. जोशी जी महाराज बावड़ी दात दात में पड़वा को विचार करे हाँ. तो गोटा की गुजरिया पानी लेवाना आवे फिर कही बात बारह बारह ara par hal ke dadi unni mityo re ara par koi koi digre koi digre mane ke nahi digre a ke koi ne dekh jao nare dar ho re अच्छा मैं भेजो अपला अशी बारा काम मेल जाओ तन ध्यान को ने मत पूछो देखी बाद में को बेटा का नाम ही नहीं ले रे अपन रोरेसी में लो भाई बच्चा रोरेसी तन में बाल आरी कोई आरी नारी कमी आवे थाने मैं नकी कोने मन को बाल आवे थाने अरे वो उगर्यो जी मेरी खुशी ऊ उगर्यो आ खुशी खुशी उगबागी ऐसी खुशी है कर दादा भाई 12 का मेलियो गया अरे 12 तो मारे खुद ही मेलियो कोई सुमी कोई रोवेगी अधिक का मेलियो बारा अरे कोई दुगदाणो मते मेले बारा असो कई दुगपुरियो थारा भाई तो 18 12 मेलियो अरे मैं कोई मोटर आवड़ा में फस गया हो किदरो फस गया तो ऐसा भर मोटर आवड़ा में तो न फसा अरे कोई मोटर आवड़ो है ना हां मैं थोड़ा लॉकडाउन लाग रही मैं जो रिबे कोटी हाल आगी हो हां जो मैं अठे तो की न मले हां डालो चला जो अब दान की हो जाए बढ़िया वाह वाह दान की बोले गया जो उठे तो मन और उड़ उड़ जाए ना कम मर राजा साहब तो जो जो? जो? भी अच्छा नो भी तो तो हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा का रूड़ा और उड़े मरना जीव तो रे भाई, जीव तो है ना ना रे। कोई कोई और GTA में मरवा को उचार करे हाँ। की ने जा को हाँ। की गोठा की पानी अभी गुजरिया कद गोठा की गुजरिया जल पर जावे जावे कद गोठा की गुजरिया जावे ने जावे आगे तामेशी पे दो साधु दुख पावे गदे गुणा रे को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 आम इसी bhaiya नाड़े ही था। पे कोई माने है देख फाटिको देखना दिन भूको प्यास हो हाँ। देखियो मुंडा का ले कदना कथी देर भी दांत काटिया जान तरसाया निकग दात का मानवी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 है, हाँ। थे अरे मैं मैं तो गो मत थी, ठाकी। ठाकी की हाँ... तो ब्राह्मण ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण था तो सब बगड़ी था कई बात की थे तम श्री बावड़ी पर भागा दौड़ी कर तो तो तो कहियो है देखो की बात मैं ओ राजा साहब है ये <laughs> तो होगी नैसा मोटिया सगे संबंध कर થી બાવડી પર નહી હું હક બણ વેજી તાકે નો હવે કા અરે આગળ પણ ન હોય જદી બાવડી પર બોચાયાના અરે ચોઈસ બાયકી જોર સારી ચોઈસ બાયકી જોર સારી હા અરે દણ જટારે કોઈ ઝુમકો સાર્યો હા મને પુન્યાત કાસાવે હા એ તો જો સીજી મહારાજ માકે કરે એઓ કરવા છો કોરા તો કોરા બી ન જાવ સબ પનેડે છે આ બધા એ મે ચોઈસ બાયકી તો ગુવાવા मैं बनाई थी किया। हाँ। थोड़ा ने माके करे गुजरे बेटा तो पानी ले तो तो आओ। ये थोड़ी की नजरारी जोशी जी महाराज देखिए आदि तुम्हें सड़ पर बनाई थी आदि माँ के करे देख जो के के मोकड़ी, अरे सो, सो, सो बागड़ी लगा लगायो से ना पार, कागड़ा जोशी जी महाराज पक्की बात बराबर बताओ बराबर जोशी जी महाराज माका गुजरी एब लगणा हां अरे मु आ ने आंगली तो तो मारी आंगली तोडना के हां अरे मु डोडी रेण मारा कमर का ठुक तो मारी कमर तोडना के जोसी जी महाराज हां माका गुजरी एब लगणा ने अतरा एबला हां शर्म नारी हां अतरा एबला ते रेरी जदी कई करा तो मा के बिलाडा दिन चलो आगी आ ने जोर्डन हां ऐसा रूपा ने सोडन रूपा जो महाराजा किसाला बहने को तरह महीने आके शुभ काम करे जो आ, लारे लारा आ, बोल बागो के के को ध्यान नेमी जम्मा करना उठे तू पता है वासा महीने आ, बाज़ बाज़ बराबर वो आया चलो देखा आगे गेलो बता दे राज रोबी मनोर मई ली दो बी ली दो बया कदि पदार्थी निकली गुदरे जय श्याराम साह जय शाम जय श्या कौन है मैं ब्राह्मण आसा। कटो आया मैं आ, की बोल आया था। की बोल आया? अट्ठा आपके सगे संबंध के बात आया अच्छा मां के सगे संबंध के बात आया आसान कटो गुजरात का लाया संबंध? लाया। लाया। अच्छा, तो अच्छा। है किस्मत है वो मोटा है तो की की के की की तो तो तो अटक कोई करनी तक भाई दिखा झूम रावण रावणी करवड़ों वो तो तो माने साहब अच्छा। ना ना मना में जोर ने का का चवे दो भी छवे की जोर है तो तो है है ना यही चाली अच्छा संबंध संबंध आया वो तो ठकाना का कटी मोटा ठकाना में तो का लायो अरे, अरे मतलब मैं जा, तू बात, बात, अच्छा, बात की पूछ रही हो जात तो पूछ रहे आपने राजा साहब क्यों चाहिए महाराज राजा साहब क्यों मग जात बात देखो मे को भैसा भैसा था था था था। आगा। आगा। क्यों अच्छा जात जाओ तो गाड़ी मुल कटाई सको हाँ महाराज हाँ चोईसाया की जोड़ो माके है है है नारियल नारियल नारियल से वो खड़ा होना अच्छा ना हाँ। हो अच्छा अच्छा दिलावा राणो अंतर लाया था हाँ। एक होना की भी ले रहे जयराम लगभग राज हम राजा राम पड़ी तमाम जैसा राम सा सा राम राम राम राम राम राम राम राम तो तो फेरा ओ साहो जोशन बाबा लाग रही दादा बेसन बाबा ओ को नाराज दादा जदी गई आज आज आज काल की डिजाइन है तो अरे कहियो अरे तो बगतर बगतर यो बगतर कहियो है बगतर कहियो भेरवा सिलारम फेरवा जो जदी अगतर गडे मंगरो बेटो जदी अगतर तो ल्यायो मंगरो बेटो हां आ देखो पेरा देख के बेटा अब शुरू करने करना सा अरे जाओ टेंशनरी कर लो जैसा राम से जैसा ओ महाराज आसन कई करियो हो ये बगतर फेर आ रियो अच्छा का बेटी लगन ठीक ठीक फेरा थे थे। फेरा ध्यान ये बड़ोड़े तेजाजी तेजाजी कर दादा भाई वो झाडोड़े खाता पीता है तो वही बात है भैसा ये दूध खाओ अच्छा ये दूध ही खावे हां वो जीरे खाबा दे की टेंशन मत लेवा पे जा दादा का न बैठियो आहा देख दूजा को टाना देखा लगा ये आटे नु ये आटे नु बिठा खाएगा देगा ये मां का तीसरा नंबर का निया जी अच्छा निया जी है जी हां निया दादा जय सियाराम सा जय सिया दादा भाई हां हां ई का लंबो ओ लंबो कोया तो ठेठ कोई लैम्बोई थोड़ो इके भी ना आयो बाप तो को लेना तो रहे अरे बाप को बण माने भैया हां सा मां के 24 पाए को चीजवाड़ो सब इकी जो दुगड़ो चीजनो इकई है हां आज देख ले न औरी चोई मोटरे मोड़ रही होई चलावे हां 10 की चलावे 5 ये सब मोटर इकई आ रही वो चलाया जा की टेंशन मत ट्रैक्टर चलाना आप रे मेसी जेसे राम से जेसे राम ओहो दादा भाई हां थोड़ा बढ़ रयो आइए मां का बारावत जी अच्छा बारावत जी ये कब ना बैठे हां बैठे आ हां एक देखला देखा हां ये के पहले मां तो देखला बच्चा बिठाव करावा अरे बैठ जाओ ए दादा भाई एक बैठ जाओ खोई के बैठिर हैं रा कोई के बैठ रयो दा ओ भोजा दादा को ये हां ये दादा भोजा दादा ओहो भोजा दादा हां ओ, ओ हो हो घना दादा म लियो तो तने आकाश धरती में हेर लियो तने निटे जा तो जोग आयो बाय आकी धरती दूजरे भोजा जी का नाम अच्छा इ इमो दूजे हां म तो भोजा दादा घणी मेमवणी की कई सुनी आल्ला फाल्ला गावा में घणी बड्या होरी की जान होरी अरे मैं तो हुण्यो बोदा दादा जो वो आपरे उड़ता तका कागला मारियो आज कदी बाया नहीं है जी इने खे खाए खे, खे, खे, खे सोणे कागला तो न मारियो थो मर जाय केडी अच्छा मु मर जाऊं तो दादा तो तेज उड़ता तका कागद ने बाछा यो कागला ने मारे तो मार काना वो ऑफिस से करानो पे आ जी अरे पेरा पूर्ति का पेरा फटाफट पेरो हट मर जा रयो म लो घालो मायने अब हाथ फटाफट गा लो मारे मारे फांसी लगावेगा न आज को बाईसी लगाओ जाके डैडी दादा भाई ओ ने पिक्स आगियो भेद भेदियो ओ पैसा ने माफ को चिल्लायो हां ठीक है पैसा ने सब नाप ध्यान में नर भाई आ सकती महाराज हां सा सोनारोबाग का नार जवाला रवाना जो अच्छा सोनारोबाग नार हेड़ भी दिलावा हां लगा दिलाओ लो ये सोनारोबाग नार हेड़ अर पन बंद जटा दियो हां ना हो ने हां कूड़ापन भरा मरजियो का मरजियो महाराज हां अरे अरे खार जाएगा यार तो भी एकम की नत मेड़ फेरा एक फेरा कई आंटी को सब फुल हां सुबह बैठबा खाबा पीबा की सब टोटल वेस्टा है राम गई नहीं है ही कौन कई कोने बराती, लाग बराती तो के लाग लेना बराती के तराग लेना उ तो कह रियो आपरे 50 एक लिया जी दादा मल्ला जी कहां दूजी लॉकडाउन लाग रियो आज का चेकिंग नहीं चालू 50 एक लो 50 एक जब बराती साई अरे खाटा 50 एक की बुक रही मैं बैठे ओइस तेल में अच्छा मां हॉस्पिटल में रेनो बेड़ी दूजो अच्छा बरात हॉस्पिटल में टेरी काए एक्ससन लगवार बेटा लामा दान कराता आजकल कोरोना जाल रे बंद ध्यान कोना ओड बरात कतरे एक साल भेली का और बारम होरा एक महीना लॉकडाउन प्रॉपर्टी लगाना कतरा तो घंटा बरात देर ही उठे संग संग वैक्सीन लेव दिया में हां धणी आदो गुंडो दो तीन घंटा डबजा अच्छा 50 ज जो रे अरे खाबा पीबा केले खाबा बे वैसा हां मगाना बड़े बाड़े गांव में अंगड़वाड़ी है अच्छा जोमन आजकल किलो किलो दाल में लरी हां हिजोर उरा खाता जो यार रावला में कई कोना आ हां एक और वेस्टा भी लगा है भाई मांगे मुंबई ओर वतन पसंद नहीं जाने, जाने। था होस्टू ना तने मात्र का हा। हां एक और वेस्टा है कसी की गांव यो गुनाव कोने की गुनामी है अच्छा जस घुसते बेली हां चार पिलर खड़ा करा मेलिया वाह वाह और ऊपर चदर डला मेलिया अच्छा अरे नीचे पानी जैसा करा मेल का नीचे पानी हां चार सदर महाराज बुआ में मती मन को मन में समझ जा जी समझ गयो मो समझ गयो हां आप हाँ, जाए तो में गोटा का लगन हाँ, हाँ, अरे गया को मेट लियो हाँ। और आपने भी जेल जो भी था। आपने है जेल जो तो आप जी दादो पागड़ी बदलो साल राण का राव जी ने लगन ठीक है जो खर्चो लगावा ओ पे चाल लागू लेना चलो गोटा का लगन लेरी राण में जावे जावे फिर की बात हाई जी देवी kurari re aan arvan berur naat gire han godaniyo ra palan re nohal ko guliya palane bo तरह जीब की बल्लाने मोके दुनिया मन अरे जनाब राजा नानेडियारे हेलो हजो तुम्हारा राजा के बैसा जनमिया धरवल की कौन अगबड़ लाया का नारे तो धरवल की लगन ले गुजरा हाँ, का लिखे अरे फिर की बात का राव जी तो हाँ खा लगन लीदा ने पुटारे बागन लेना जी बन आया कुरे की जान में आई तो पड़े नो फो मेल तो यहाँ का लखनऊ आई ये लगन ना जो रंग रूपों आईरा के नो तो कुकर मेले सरियां चुनते पिया सही रे तला की जान खे कुम माये। थे। थे। दादा। आ, हां। या ने दुगड़ी माया ने देखा रावड़ा अरे थे अरे, गाव अरे थे में करोकार हो थे का या ने वे छ्या दे हाँ, दादा भाई भोज ने अरे अरे की की की की में में में एक का दो दावे। दो दो जान जान बेटी भादर लगा से तो ने कई हासला में के चावड़ा अरे ले ले ले के। अरे नौ नाल ये गेंद को का जाना कशीर कृष्ण का तारे गर्व बड़वा आजी अरने आजी अरने कृष्ण की ना दोतरवा आजी अवे हाँ। आत्मा शक्ति एक हाँ दाकर का हाजी दो दो अवे कृष्ण तो तांगी जाना हरी आरी कृष्ण का तारे गर्व बड़वा आजी अवे बानु मोता ने कौन सा वो रो किये आदम देव अर मे वाला बैठने है तो गए हो अबे <laughs> हाँ। ये हमारा ज़्यादा रूपया गया तो <unstus> <aan> kind of th time <sharp at> है मोटा से रुपया गुप्त की और के महीने भगवान लाज राजो सद सुखी राखो बेड़ा पार करो वाह भाई बोलो का शाम भाई जी में देख रंगे सी बबजी ग्यो रे बैज में देचो तारा आ बिंद ने ई का देखो दांत पडिया मुग अरे जो जरा जिकरी मने मुंडो फूटी अरे पोळ तू केंटणया पड़ी केकार ई की नाकतरे नसे अरे नीकळे बैसी थारा जीव के कर ने केहने जाना गी तो ये के जायने की तो समगरी अरे पगड़ी ने बवर खोज को से ले बैज में देचो तारा बिंद ने साला तो तारे कनी रुवालिया आ रीया आरी हाँ, आरी चापड़ा ना देखा देखा या तो भाई आ, ने ने बताला बताला देखो देखो देखो देखो अरे अरे जो देखी तो कई काम को दी गई कई कई को कर तो रही कोई तो तो मैंने नहीं नहीं वो मांगता पुराना पूर्ति पूर्ती इरा देगा बींद्र राजा का चक्र बड़ा आ रहे है बेजी ने बता ला देगा देखो बेजी मु थाने बतान ले जाऊं ए तो शेर काल हां हां मेरे पास रखा था मैंने नाग दे दिया तो रियाप से नहीं सुता दे कोई मैं पास रखा बेजी थे देखो हां देखो मुताने ले आ आ ये ये तो तो तो तो काल हो के के न ना को डील है में चला आपा सोला श्रृंगार कर चाल आप कोई न देखो भाई जी मु क्यों दिशान चला चाल चला जगह एक गोदी को रूप करना हां जो थानी ने उड़ गए जिन मनी ने उड़ के हां जगह दिशान चला मु थाने क्यों दिशान चला चलो देगा अरे रंगरेतिया कहां डेरो बाग बे तंबू पा आयो बेडिया, बेडिया। बेडिया। एक चोर दूसरी चो और, और पल भोड़ा हाथी ने देखने तला हाँ आपने कोई नहीं ओके रू ब करना ये मारा का दो बच्चा दो बस साल चला <laughs> आपने कोई नहीं उड़के बोलो थे, थोड़ी घड़ी मेहनत कर आहा। आहा। एक कलाण को रूप करना अरे में बोतल लेना देख बाने साला। हम कि और तो मलदा की <laughs> <laughs> 11 तेर की जाके जा मीर नारायण भगवान लाज रखो हो साला बना रात दर्शन हासले मालणिया मनसा लाव बेजी माथे ओड़ लो लीला मारो फूल बना के लेना सेवरोनिया जी के माला अन बदु मलबा केते तो हाथ ले बात धोमणिया मनसा लाव बेजी हाता धोवड़ा लीला ए मारा फूल बना का दोवा दो चान फेरू दर्श पालेवा अन बदु मलबा केते तो पानी बात अन बदु मलबा साला कल्लाड़ी मनसा लाव बेजी पल्ली में बोतल लीला કેમ મારા પુલ બના લયો दारू પાતા ફેરો દર્શન અને બધું મલે બા કેતે તો હાસલી સિદાણી રા ચોરી નિયાજી ને दारू થી મનવાર કરે હા કોકર તો दारू પાવે કિસાન મનવાર કરે દાદા ભાઈ થો કમ પીજે વાને બતો બી વાત સારે પડતા કોને પડ જાનો થો દાદા ભાઈ થો પડ જાલો મારો બેઠો ને આવલો થોડું થોડો કમ પીજે તો વાને બતો બી વાત